नमस्कार मित्रों आज हम लाए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रथम स्तर के शिक्षक भर्ती परीक्षाएं पीजी और डीजीटी हिंदी और कॉलेज लेक्चर हिंदी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हमें इसमें प्राप्त होंगे कुछ प्रश्न जो कवर होंगे इस वीडियो के द्वारा वे आपके सामने स्क्रीन पर है हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना जाए? किस विद्वान ने आदिकाल को कहा कि आदिकाल तो सिद्ध सामंत युग रहा है और दक्षिण भारत से आने वाली धार्मिक दार्शनिक लहर के प्रचारक कौन से विद्वान रहे और इसी तरह जैन साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न श्रावकाचार ग्रंथ किस विद्वान की है? आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अठारह में प्रकाशित हुआ शिव सरोज इसके लेखक डॉक्टर शिवसिंह सेंगर के अनुसार सातवीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं पुष्य अथवा पुंड उनका नाम है और वे ही हिंदी के प्रथम कवि कहलाने के योग्य हैं तो जी हाँ शिवसिंह सरोज के लेखक शिवसिंह सेंगर का मत कवि पुष्य अथवा पुंड है हिंदी के प्रथम कवि अब हम जानते हैं इस विषय में महापंडित राहुल संकृत्यायन क्या कहते हैं? राहुल जी का मानना है सातवीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं सरहपा उन्हें हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जा सकता है सरहपा अथवा सरहपाद के अन्य नाम है सरहपा पा सरोज वज्र एवं राहुल भद्र हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जी हाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो वे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और उन्होंने माना है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालीभद्र सूरी हिंदी भाषा के प्रथम कवि है भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता सालीभद्र सूरी ही हिंदी भाषा के प्रथम कवि कहलाने के योग्य हैं। एक अन्य ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास और लेखक डॉ. नगेंद्र वो ये मानते हैं कि जैन आचार्य देवसेन ने एक ग्रंथ लिखा है श्रावकाचार और ये श्रावकाचार हिंदी भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ है अगला प्रश्न किस विद्वान ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है जॉर्ज ग्रियर्सन डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका सही जवाब है जॉर्ज ग्लियरसन उन्होंने हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल जी हां ध्यान दीजिए वीर काल कहा जा रहा है यह नाम किसने दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर राम वर्मा इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लगे हाथों आपको बताता चलूं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगला प्रश्न महापंडित राहुल संक्रत्यायन ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा प्रदान की राहुल जी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया सिद्ध सामंत युग आदिकाल वीरगाथा काल एवं चारण काल इसका सही जवाब है राहुल जी ने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने जी हां आपको याद आ रहा होगा मिश्र बंधु जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ ग्रंथ लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को प्रारंभिक काल का नाम दिया आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल इसका सही जवाब है आदिकाल। प्रश्न, एक उक्ति है। वे बाहर से बुला बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी नगरी में बसा रहे थे संस्कृत भाषा को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया वैदिक भावना के समर्थक रहे प्रतिहार और गाड़वार राजाओं ये प्रतिहार और गाढ़वंशी राजा मध्य प्रदेश में हुए हैं उनके बारे में ये विचार किस समालोचक ने व्यक्त किए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉ. गणपति चंद्र गुप्त डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अगला प्रश्न अधिकाल को किसने बताया वीर काल जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी बारवा प्रश्न हिमालय के बाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी नाथ मत अथवा नाथ संप्रदाय के उदय के विषय में ये विचार किस समालोचक ने प्रकट किए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी इसका सही जवाब है विकल्प का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तेरवा प्रश्न मति भ्रम का अंत करने वाली मति मतभ्रम अर्थात बुद्धि का भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर अफिलोस वेव दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी जिसके प्रचारक थे जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने जो सिद्धांत बनाया अद्वैतवाद इसका प्रचार उत्तर भारत को एक नई प्राण वायु दे रहा था जगतगुरु गुरु शंकराचार्य के विषय में ये विचार किस समालोचक ने रखे हैं डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त डॉक्टर राम त्रिपाठी इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र चौदवा प्रश्न वे अर्थात हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं अर्थात पहुंच चुके हैं हमारे लोग अर्थात मुसलमान जब उन्हें अर्थात मंदिर इत्यादि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं न तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं न वैसा निर्माण कर सकते भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की अनुपम अभिव्यक्ति देख करके किस अरब इतिहासकार ने ये उद्गार प्रकट किए अलबरूनी गुलबदन बेगम अब्दुल रहमान और वसांग इसका सही जवाब है विकल्प क अलबरूनी दोहा दोहास यह किस कवि की रचना है सरहपा लुईपा सबरपा कुकुरिपा इसका सही जवाब है सरहपा आगे बढ़ते हैं सोलवा प्रश्न हमारा है चरपटिया किस सिद्ध कवि के गुरु थे सरहपा पुईपा सबरपा और कुकुरिपा इसका उत्तर है चरपटिया सरहपा के गुरु थे गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किस विद्वान ने किया है जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से गोरखबानी के संकलन करता विद्वान कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल महापंडित राहुल संकर्त्यायन पितम्बर दत्त बर्थवाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका सही जवाब है पितम्बर दत्त बर्थवाल नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के कई अलग नाम है सिद्धमत मत सिद्ध मार्ग योग मार्ग योग संप्रदाय अवधुत मत और अवधूत संप्रदाय कथन किस विद्वान का है हजारी प्रसाद द्विवेदी राहुल जी पिताम्बर दत्त बड़तवाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी अभय मात्रा जोग जी हाँ नाथ साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक किस कवि की रचना है गोरखनाथ गोपीचंद परथरी चौरंगीनाथ। इसका सही जवाब है गोरखनाथ और अब इस सीरीज का आखिरी प्रश्न हठयोगी जो हैं, उनके सिद्धांतों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति इसके अनुसार हठ शब्द में जो दो पद प्राप्त हैं, दो वर्ण प्राप्त है ह और ठ इनका क्रमशः मतलब क्या है सूर्य और चंद्रमा बादल और पर्वत सितारे और समुद्र देव और दानव इसका सही जवाब है हमारा विकल्प का सूर्य ह को बताया गया है सूर्य और ठ को बताया गया है चंद्रमा तो मित्रों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है हमारा प्रयास आपको किस प्रकार लग रहा है प्रश्नों का स्तर कैसा है और आप अपने सुझावों से हमें अवश्य रूबरू कराएं